हेलो गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल वीडियो को लाइक कर देना है चैनल को सब्सक्राइब कर देना घंटी वाला बेल आइकन और प्लस शेयर कर देना ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास आए और आगे से आगे शेयर करना गाइज आपको करना क्या है गिवे पार्टिसिपेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और घंटे वाला बेलाइकन ऑल पर सेट कर देना है ताकि आप गि पार्टिसिपेट कर पाए

जल्दी से जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब करो और घंटी वाला बेल आइकन ऑल पर सेट करो

चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और गिव वे पार्टिसिपेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो जो भी चैनल को सब्सक्राइब करेगा उन्हें मिलेगा फ्री डायमंड